गर्लफ्रेंड के लिए एक साइरी हो जाए गर्लफ्रेंड के लिए कि लाखों में एक बस मेरी बंदी है लाखों में एक बस मेरी बंदी है और सिर्फ सिर्फ एक कमी है उसमें साला गंदी है गर्लफ्रेंड के लिए एक साइरी हो जाए गर्लफ्रेंड के लिए की धड़कने में खाना दिल खराब हो जाता है धड़कने में खाना दिल खराब हो जाता है तेरा चेहरा देख के मूड खराब हो जाता है गर्लफ्रेंड के लिए लिए कि दूर दूर होकर होकर भी भी तू तू मेरे मेरे पास पास था, था, था। तेरे लिए लेता मैं सांस और अभी भैया ने जो बोला ना, वो सब बकवास था। तीवारी। तीवारी।